हेलो एवरीवन माय सेल्फ बी आर यमला तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको अलंकार बजाना बता रहे हैं कि हाउ टू प्ले अलंकार और व्हाट इज़ अलंकार फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमने शाह को ब्लैक जो फर्स्ट की है इसको हम शाह मानते हैं बड़ों के लिए और छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी उनके लिए ये शाह होता है फोर्थ वन वन टू थ्री फोर लेफ्ट हैंड से तीन सो छोड़ के जो फोर्थ वाला है वो है सा. सा, एक दूसरा और तीसरा One, two, तीनों को छोड़ के ये फोर्थ वाला जो किया है ये हमारा सा होता है तो यहां से हमने ये सरगम और जिसको हम अलंकार कहते हैं सरगम कहते हैं सरगम पलटे भी कहते हैं ये हम सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये सा, सा से एक स्वर जो है नीचे वाला छोड़ के एक स्वर छोड़ के दूसरे वाला जो है रे उसको हम रे कहते हैं एक छोड़ के उसके बाद आता है गा तेन तीन स्वर आपने सीखे सा रे एंड गा उसके बाद म प म और पा के बीच में एक स्वर होता है वो छोड़ देना है म एंड देन नी जो नीचे है नी सा द्वारा फिर आ जाता है देखो एक बार और रिपीट करते हैं सा रे गा म, प, दध, नी स ये फर्स्ट अलंकार है तो ये अलंकार जो होता है अवरो दोनों को मिला के बनता है मींस होता है राइजिंग ऑफ सोर इज कॉल्ड अरो से लेके नीचे अवरोन वर्ड ऑफ सोर इज कॉल्ड अवरो अलंकार हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे वो वहां से आप लोगों ने देख के अच्छी तरह से वो सीखना है फर्स्ट है सा अलंकर अब कैसे गाएंगे और सुनना सा रे गी सा ये कंप्लीट हो गया और अब इससे नीचे जाना है तो नीचे को कहते हैं अवरो तो पूरा अलंकार हमारा हो जाएगा एक सा ये एक अलंकार पूरा हो गया सेकंड अलंकार बजाने के लिए उसी सुरों को हम दो दो दो बार बजाएंगे तो एक सेकंड अलंकार हमारा बन जाएगा जैसे सा सा Sir. एक फिंगर के साथ में बजा रहा हूं इसलिए hmm. बजा रहा हूं को आपको क्लियर क्लियर ये वर्ग जो हैं दिख जाएं hmm. तो वैसे बजाने के लिए हमारा जो फिंगर होता है फर्स्ट फिंगर जो होती है फर्स्ट फिंगर होती है जो फर्स्ट शाह के ऊपर होती है और सेकंड की रे के ऊपर होती है शाह के ऊपर फर्स्ट की सब लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट ये फिंगर है ये शाह के ऊपर देन सेकंड की रे फिंगर है सेकंड की के ऊपर सा धन रे और ये थम अंगूठा जो हमारा होता है ये नीचे वाले जो व्हाइट सो के ऊपर लगता है और हाथ को ऐसे रखना है सा फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर फिर अगूठा लगाएंगे सा ये आरो हो गया तो सेम सेम फिंगर पैटर्न रखना है धा। पापे सेकंड फिंगर पी सा सा नी सा, धा पामा तो दोस्तों हम दूसरा अभी जो अलंकार है वो सीखेंगे उसको बजाने के लिए सेम सुरों को हम दो दो बार प्रेस करेंगे सा सा रे रे गा गा मा मा पा नी नी सा सा सा सा नी नी ये हमारा सेकंड अलंकार कंप्लीट हो गया तो अब हम तीसरा अलंकार सीखने जा रहे हैं तीसरे अलंकार बजाने के लिए हम तीन सोर को लेते हैं तीन सुर को लेते हैं जैसे पहले से लेके तीन सोरों को सेट ले लिया इसी तरह से सा से तीन ले ले फिर ए से तीन फिर गा से तीन फिर मां से तीन ऐसे तीन तीन करके हमने ये साक पहुंचना होता है देखो हम तीसरा अलंकार कैसे बजाते हैं Then, रे गा फिर गा पी धा ने सा हम सातक कंप्लीट हो गया ये हमारा आरोह हो गया तीसरी अलंकार का अभी इसको अवरोह करना है ताकि हमारा जो अलंकार तीसरा कंप्लीट हो जाए सा ने धा सा से ऊपर से तीन सौ नीचे आना सा वन टू थ्री सा नी धा दे फिर नी से, नी से नीचे नी धा पा फिर धा से धा पा मे पा मा गा पा रे गा रे सा तीर अलंकार हमारे हो गए चौथा अलंकार जैसे चार चार स्वर लेके हम बना सकते हैं पांचवा अलंकार पाँच पाँच स्वर जैसे सारे गा मा पा ऐसे तो अलंकार हम खुद भी बना सकते हैं अपने तरीके से जो जिसको अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए अलंकार मींस होता है कि कोई भी अच्छा लगे जो स्वर हम गाने के लिए हमारे अच्छे लगे तो उनको हम अलंकार कहते हैं तो अलंकार में आरोह और अवरोह होता है तो आज आप इतना सीखना है और बजाने के लिए आपके पास कीबोर्ड नहीं है हारमोनीय नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप जो होता है पियानो वाला वो, वो डाउनलोड कर लो वहां पे उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं।